वेलकम टू आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से वर्ड्स कैलकुलेशन की एक नई क्लास लेकर के आया हुआ हूं। पिछली क्लास में मैंने एवरेज चैप्टर पढ़ाया हुआ था अगर किसी ने एवरेज चैप्टर नहीं देखा हुआ है तो आई बटन के लिंक पर क्लिक करके वे देख सकता है आज मैं आपको यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका पार्ट वन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें कि मैं सॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है एक परीक्षा में 25 फाइव विद्यार्थी पास हुए और 625 विद्यार्थी फेल हो गए तो बताइए कुल विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन को सबसे पहले मैं सही से पढ़ना है एक परीक्षा में 25 फाइव विद्यार्थी पास हुए और छह विद्यार्थी फेल हो गए तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या तो हमें क्या करना है 100 माइनस ट्वेंटी हमारा कितना आ गया 75 5 75 छ हजार दो सौ पच्चीस जो भी परसेंटेज हमें निकालना है हमेशा 100 से कैलकुलेट करना है। ये हो गया। इसके बाद में अब हमें 100 परसेंट से कैंपलेट करना है 100 परसेंट इज इक्वल टू क्या जब हमें 75 परसेंट बराबर 6225 दिया है तो कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा हमेशा से करते हैं तो हंड्रेड परसेंट इज इक्वल अब हमें कुछ नहीं करना है क्रॉस का मल्टीप्लाई करा कर दो देखिए 6225 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई सी मतलब तो मतलब कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तिरासी को यह हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब हम क्वेश्चन तो सात भी कोई भी त्रिभुज हो सकता है अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जब किसी वृत्त की त्रिज्या मानिए 20% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फॉर्मूले का यूज करेंगे फार्मूला क्या टू एम बड़ो लाइन एम स्क्वायर बडेड हमने 20 मान लिया तो 2 20 20 20 m का बटे का 100 100 तो इसका करेंगे, तो सो, सो। सो तो इसका करेंगे हो जाएगा 400 400 को चालीस प्लस चार बराबर आंसर 44 क्षेत्र में कितने प्रतिशत की गृति होगी चौवालीस परसेंट की इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन जाता है कि उसकी त्रिज्या इतने परसेंट की कमी कर देने पर उसके क्षेत्र फल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी इस वाले फार्मूला को आपको नोट करना है और आपका आंसर आ जाए भी But उसकी त्रिज्या होगी अगर वे रहे हैं भी यूज़ करेंगे अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट जाते यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का n प्रतिशत भोजन पर n प्रतिशत वस्त्र पर तथा परसेंट मनोरंजन पर खर्च कर क्या नॉर्मल वैल्यू 310 बस हमें इतना याद रखना है कि परसेंटेज वैल्यू जो दी गई हो, उसे एक साइड में और जो नॉर्मल वैल्यू दी गई हो, उसे एक साइड में करके माइनस करते हैं आंसर आ जाता है अब देखिए 28 एट परसेंट इज इक्वल टू तीन माइनस तिरानवे दस में से तीन काटा सात दस में से नौ काटा एक दो कितना आ गया दो सौ सत्रह अब देखिए अट्ठाईस परसेंट बराबर दो सौ सत्रह तो हंड्रेड परसेंट बराबर क्या क्वेश्चन आस लग गया कर हंड्रेड से हो गया।, चार बत गया तो कितना छत्तीस हो गया फिर चार बत गया।, हो गया मतलब कि सोलह दशमलव छह आता जाएगा तो हम इसे सोलह दशमलव छ सात लिख सकते हैं ले मतलब मान ले पूरा कितना 4% की कमी हो रही है ये यहां पूछा गया एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि जो 100 से 20 हो गया तथा चौड़ाई में 20% कम करने पर तो, चौड़ाई में 20%, तो में 20 के कमी होती है 80 आ गया तो 120 80 100 सॉल्व करने पर 96 आ गया इसके बाद में बोला कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी अब 100 <Da> चार परसेंट की कमी आ रही है अगर प्लस में आता तो चार परसेंट की वृद्धि होती तो चार परसेंट की कमी ki <gülüyor> अभी जाएगा, तो कितना कितना 310, 310 100 बराबर क्वेश्चन में क्या बोला गया था एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे एक उम्मीदवार को मतों का टोटल उसके बाद में 59 नाइन फोर्टी वन माइनस किया 18 परसेंट तो 18 परसेंट बराबर पांच लाख पांच सौ अस्सी तो 100 परसेंट बराबर क्या इस तरीके से क्वेश्चन नंबर एट हमारा सॉल्व हो गया अनिल की हो जाएगी 50 की अतीत पक्षी हो जाएगी 100 देखिए क्या बोला अनिल की ऊंचाई शिखर की ऊंचाई से 60 परसेंट है देखिए तो जब शिखर की हम मानेंगे 100 तभी तो हम अनिल की ऊंचाई 60 परसेंट में जितने मतलब 60 परसेंट में जुड़ोगे तो 100 तो तो से ये कितना अधिक है 60 नहीं है तो 60 तीन सौ बटे आठ आग। तो आ गया हमारा तीन चौबीस आठ त्री चौबीस बच गया हमारा यहां पे 6 छठ सत्ते छप